وہ آ رہا ہے نہیں نہیں نہیں ابھی কিছুই نہیں ہے بندے بندے آہا ہائے ہائے ہائے نہیں نہیں نہیں ملا اوکے और ये right. okay. mazaya <laughs> पर नहीं <laughs> आपके पास आ गए Marked a location. Marked location. location. Watch out. Watch out. out. Someone has been here. ठीक okay. है भाई आते हैं भाई लेकिन के मारो तीन मिल रहा है नहीं मिल रहा है एक मिल लेगा एक मिल लेगा आगे आप पे फिर एक ड्रॉप करता हूं क्या आप ग्रेड आप ग्रेड दे सकते हो आप देख तुमने बताया ये ये गिरा है नहीं नहीं <पिणीण> हाँ हाँ हाँ ये लेजर है लेजर नहीं आप ग्रिप है तुम्हारे पास ये ये नहीं गिरा रहे हैं मिल नहीं तो आ जाओ बहुत समय मारपाटी बस जा ape ke usko maarna padega okay और हैं? और कुछ लो। सामने बाद में बुलाते कॉइंसम तेरा, रुको जरा उसको मारते रहना तो कवर देना मुझे मार्क पे मारा था मैंने अब ये ये कौन कौन है है अरे अरे अरे मार्लाक से मारा दो तीन बहुत